ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले एक एक युग में मनुस्मृति दूसरे युग में रामचैत मानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ ये दुनिया को नफरत हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है नफरत देश को महान नहीं बनाएगा जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा नमस्कार आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर प्रसाद राम चरित्र को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा मनुस्मृति को भी समाज में नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया अब इनके इस बयान से पूरा देश में बवाल मच गया है राम मंदिर के योगी ने इनकी जीवा काटने की धमकी दे दी है वही बिहार के भूतपूर्व डिप्टी सी सुशील कुमार मोदी प्रतिक्रिया स्वरूप ट्वीट में लिखा है चंद्रशेखर पर जगह जगह मुकदमे दर्ज होने चाहिए और इनका ऐसा विरोध किया जाना चाहिए कि वे किसी कॉलेज में में ना घुसने आपको बता दूं बिहार लोकतंत्र लागू है और यहां का शासन व्यवस्था भारत का संविधान से चलाया जा रहा है और संविधान राज्य के सभी लोगों को किसी भी मुद्दा पर किसी भी ग्रंथ पर स्वतंत्र रूप से विचार रखने का अधिकार देता है हिंदू धर्म के राजनीतिक चौकीदारों के द्वारा बयान देने के बावजूद शिक्षा चंद्रशेखर प्रसाद अडिग व कायम रहूंगा ग्रंथ की आड़ में गहरी साजिश से देश में जातीयता व नफरत के बीच बोने वाले बापू के हत्यारों के की प्रतिक्रिया की परवाह नहीं करता वे इस कटु सत्य को भी विवादित बयान समझते हैं तो यह उनकी समझ हो सकती है शिक्षा मंत्री के इस बयान से भारत में उठे राजनीतिक विवाद पर पत्रकारों के सवालों को जवाब देते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अपना बयान दिया है उन्होंने कहा हम लोगों का काम है जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं लोगों को 10 लाख रोजगार दिलाने का वो हम लोग दिलाएंगे ऐसा मेरा मानना है देश का संविधान सबसे पवित्र ग्रंथ है यह वीडियो तो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद चिंता करते हैं हम लोगों का काम है जिस कमिटमेंट के साथ सरकार में आए हैं लोगों का 10 लाख रोजगार दिलाने का वो हम लोग दिलाएंगे अच्छा कहा